सूर्य नमस्कार को लेकर सवाल खड़े करने पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सूर्य नमस्कार तो होता रहेगा जिसे परेशानी है वो बाहर निकलना छोड़ दे रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को पाकिस्तान के जिन्ना के साथ भी जोड़ा हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को भगवान सूर्य देवता से भी परेशानी हो रही है शर्मा ने कहा कि क्या कांग्रेस नेता और मुस्लिम विधायक सूर्य की किरणें नहीं लेंगे अपने गिरेबान में गिरे उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा रही है कि जो तुमको देता है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर उन्हें देता है तो उसका धन्यवाद विधायक को कहा की एहसान फरामोश मत बनो कोई अगर कुछ देता है तो उसका शुक्रिया अदा करो कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक ने जब कोर्ट में जाकर कहा की सूरज की सूर्य नमस्कार लगाना ये इबादत है और हम नहीं लगाएंगे मैं कांग्रेस के नेताओं और मुस्लिम विधायक को यह आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि जरा अपनी औकात और अपने गिरवान में झांक कर देखो क्या सूरज की किरणें नहीं लोगे क्या जमीन के अंदर दफन रहोगे अगर तुम आज खुली सड़क पर घूमोगे तो सूरज किरणें देगा और भारत का धर्म और परंपरा ये कहती है कि जो तुमको देता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए अगर सूरज हमें किरण देता है तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए पवन हमको अगर हवा देता है तो हम उसको धन्यवाद देना चाहिए पेड़ अगर हमको छाया देते तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए एहसान फरामोश मत बनो जो तुमको कुछ देने का सामर्थ्य रखता है उसका शुक्रिया अदा करना सीखो इसलिए मेहरबानी करके कांग्रेस के इसलिए दफन होने के दिन आ गए कि कांग्रेस में बुद्धिहीन लोग ज्यादा हो गए कांग्रेस में केवल हिंदुओं को अपमानित करने वाले लोग ज्यादा हो गए और किस कांग्रेस की समझ खत्म है तुष्टिकरण की नीति अपना रही है